कविर साहि का पद है की भजन की मीना जीवन अचेतक होता जा रहा है क्या कहते हैं वो अरे भाई मेरा भजना में चित जोड़ू रे पीती जा भजन में न न होए में में जोरे पीती नजना जोड़ो अरे पात्र पचीस मजूर लगाकर ब्रह्म जिला में तोड़ो पात्र पचीस मजदूर लगाकर ब्रह्म किला में तोड़ो जरूर ब्रह्म किला ने तो, तो दाज भजन भजन भजना में तुझे उम्र बीती जाए भजन विना हर नेम धर्म की बगी बना लोता कर लो बुड़ो हर नेम धर्म की बगी बना लोदा कर लो बुड़ो भजन कर लो बोलो हर एम धर्म की बगे बना लो सुरता कर लो नगद ता तो पागल रो अरे देवदरस की तजे बना लो तो पागल रो नगद तो पागल रो अरे लाल बगीना दिल जी का लाल बगी में तारा गुरु चक्कर के पर दूर भाई मारा तो नगद रो भाई मारा भजना में तेरे जो चित अरे बिना बिना बिना जोड़ो बदनामी